नमस्कार दोस्तों जय श्री राम राधे राधे हेलो गाइस अब इसका दूसरा पार्ट जो इसका पहला पार्ट जो नहीं सुना होगा है इसका दूसरे का इसका पहला पार्ट मेरे पहला पार्ट जाकर देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा उसमें अच्छी स्टोरी है और उसका दूसरा का पार्ट मैं सुनाने जा रहा हूँ इससे तो पहले ये मुझे आपसे कुछ कहना है जैसे कि ये मेरा वीडियो है और ये काल्पनिक वीडियो है ये किसी से संबंध नहीं है उसके लिए सॉरी थैंक सॉरी सॉरी सॉरी गाइस और मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा पहला वीडियो है खराब मुझे दिक्कत हो रहा है बोलने में और मैं ये सब पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है और जो मैं सुना रहा हूँ वो आप कहीं नहीं सुने सुने हुईगा और दूसरा बात नहीं कहीं देखे हुई ठीक है और ये सब मैं कोई लिखकर नहीं बता रहा हूँ ठीक है और मैं खुद से ये सुना रहा हूँ ये मैं हमेशा ये सब बात मेरे दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है ठीक है इसलिए मैं आप लोगों को सके ये सुना रहा हूँ अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और पसंद और कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो मुझे कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप ही लोग करिएगा इससे मुझे अच्छा लगेगा और मेरा तो और स्टार्ट करता हूँ जब हीरो को यादाश चलाता तो इसको शौक लगता है ये विलन को कि आप इसको याद कैसे आएगा और मेरा सामान कैसे मिलेगा तो ये फिर फिर ये दिमाग लाता है मैं क्या करूँगा तो हीरो के फिर वो रहता है ना उसको ले आता है वो पहले सोचता है कि इसको अब यादाश्त चला कि अब मैं कैसे खोजूंगा मतलब मेरा सामान कैसे मिलेगा तो फिर ये सोचता है अभी इसमें तो इसमें इलाज वाला करवाता है लेकिन नहीं इसको याद आता है सोचता है कि इसकी जितना जल्दी हो सके इसका या यादाश्त लाना है और मेरा सामान लेकर और मुझे लौट जाना है क्योंकि मुझे ये सबको जल्दी झंझट में नहीं है ठीक है और इसके बाद ये उसको यादाश्त लाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाता है एडमिट कराने के लिए उसमें भर्ती करा है और उसको इलाज करता रहता है ठीक है जब हीरो ठीक होता है कहता है कि पंद्रह दिन में या याद वापस आ जाएगा तो जो उसका मरा रहता है ना उसके जो जिससे प्यार करता है वो हीरो वो मर गया रहता है उसका आत्मा निकल के आता है उसके शरीर से और उसके हीरो के शरीर में पहुंच जाता है और हीरो को बहुत नुकसान पहुंचाता है बहुत दिक्कत देता है बहुत परेशान करता है फिर चला आता है फिर उसका जो ठीक होने वाला रहता है फिर वो सही हो जाता है बहुत परेशान करता है हीरो जो बिलन रहता है उसके साथ में वो देखता है कि ये तो अपने आप सर उप खोड़ा उड़ा है और फिर ये कैसे कर रहा है फिर उसके पास डॉक्टर लेता है क्यों ऐसे करता है तो डॉक्टर बोलता है ये तो ठीक ठाक है फिर ये क्यों करेगा ये तो ये तो अपने आप से कोई कोई अपने आप में कोई तो मार क्यों नहीं सकता है फिर ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है तो फिर ये सोचता है चलो ये शायद ये थोड़ा इसको सर उ चोट लगाता है शायद खुद से नुकसान पहुँचा रहा है कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि इसके शरीर में आत्मा को उसके को नुकसान पहुँचा रहा है उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और जो आत्मा रहता है वो ये सोचता है कि इसको याददाश्त वापस ना आए तो वो बिलन रहता है वो जान उसको उसको बहुत इलाज कराता है मतलब बहुत परेशान करता है लेकिन उसके यादाश्त आनी ही नहीं देता है ये कोई ना कोई ये इसका आत्मा रहता है वो उसके शरीर में उसको कोई ना कोई नुकसान उसके शरीर में पहुँचा जाता है बस उसका याददाश्त नहीं आता ऐसे कर देते एक साल बीत जाता है फिर इसका इसके बाद में ही जो बिलन रहता है ना वो होकर उसके लास्ट में उसको उसको मारने के लिए फिर भेज देता है हीरो को मार मारने के लिए लेकिन जो हीरो को मारने के लिए भेजता है फिर बिलन गुंडा ठीक है दो चार गुंडा भेज देता है तो फिर उसको हीरो तो सो रहा था मतलब वो सोने के लिए सो रहा था तो वो तो हॉस्पिटल में था और उसके बाद उसको भेज देता है बिलन सॉरी तो उसको मारने के लिए फिर वो आत्मा का पता चलाता है वो आत्मा आता है कि हीरो के शरीर में उसके और विलन को भी मार देता है ठीक है विलन को भी मार देता है सबको मार देता है और बचता जो हीरो जो हीरोइन रहता है वो मेन विलन रहता है ठीक है जो आत्मा रहता है वो नहीं जो मेन विलन रहता है जो मारा रहता, मार रहता है मार के ख़त्म कर दिया रहता है हीरो को प्यार को और हीरो को भी यादाश्त ख़त्म कर दिया रहता है और हीरोइन को मार के ख़त्म कर दिया रहता है वो रहता है मेन विलन ठीक है और जो आत्मा रहता है वो तो हीरो का प्यार रहता है ठीक है तो मार्केट खत्म चल ख़त्म कर देता है फिर हीरो को फिर जैसे कि तैसे सो हो रहा मतलब शो हो जाता है उसको ऐसे कि उसको कुछ पता ही नहीं रहता हीरो का ठीक है सब चीज़ ठीक ठाक रहता है पहले की तरफ फिर वो वापस आता है देखता है ठीक है ये तो कुछ हुआ है ना सब अपने आप गिरा हुआ है बहुत शौक शौक लगता है बहुत ऐसा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा ये सोचता है वो विलन मेन विलन जो रहता है वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है और ये तो देखता है कि फिर इसको टेस्ट लेने के लिए कहता है कि ये जानू कि ऐसा तो नहीं करता है तो फिर इसको चेक करता है फिर ये उस जगह वीडियो कैमरा लगा रहता है ठीक है वो फिलन रहता है और वीडियो कैमरा लगाते हैं फिर दो चार गुंडा का और फेंसता है लेकिन हीरो को मारने के लिए फिर हीरो के शरीर में आत्मा फूसता है फिर वो शाही मारता है लेकिन उसके शरीर को ऐसा होता है कि नहीं हरों के शरीर में घुसता नहीं है वो उसी वह ऐसे मारता है बहुत मारता है लेकिन हीरो को हीरो को भनक भी नहीं पड़ता है पता भी नहीं चलता है और दूसरा बात जो बिलन रहता है उसको कैमरा में कैच कैप्चर भी नहीं होता है ठीक है और सबको मार के ख़त्म कर दिया रहता है फिर ये सोचता ये ऐसे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो बिलन रहता है वो चकता है कैमरा में ऐसा कुछ भी तो नहीं है फिर अपने आप सब लोग अपने आप मार खा रहा है अपने आप गिर रहा है और ऐसा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ये सोचता है फिर इस बात को इतना इग्नोर कर देता है वो उतना ध्यान नहीं देता है जान के जो हो उसके बाद लास्ट में क्या करता है अब हीरोइन ही, ही, जो आत्मा रहता है अब हीरोइन जो आत्मा रहता है अब वो सोचता है इसको अब मुझे ठीक करना है मुझे जाने का टाइम हो गया है मेरा मुझे, मुझे अब जाने का टाइम हो गया अब इससे पहले मुझे इसको ठीक करना है और इससे मुझे बदला लेना है कैसे लेना है तो हीरो ही ठीक हो जाता है लेकिन वो ठीक है लेकिन उसका याददाश्त नहीं आता है ठीक है वो घूमता फिरता है लेकिन उस पे याददाश्त नहीं रहता है और हीरो को उससे प्यार होने लगता है तो हीरो जो उसके शरीर में जो आत्मा रहता है उसको तो थोड़ा दिक्कत होता है अगर इससे तो इस प्यार हो जाएगा तो फिर इससे बदला लेंगे कैसे वो आत्मा सोचता है और हीरो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो याद दाशें ख़त्म है अब उस सोचता है तो फिर हीरो जो आत्मा रहता है उससे शरीर में घूल जाता है जबकि विलन मैन विलन रहता है वो चलाता है किसी काम से कहीं बाहर और हीरो हीरो रहता है तो हीरो के शरीर में घुस जाता है आत्मा ठीक है और आत्मा घुस जाता है और उसके बाद घुसने घुस जाता है तो लैपटॉप पर आता है लैपटॉप में वीडियो निकालता है और शरीर में घुसकर वो आत्मा सर्च मारता है वो वीडियो निकाल जाता है ठीक है और वीडियो निकाल जाता है एक वीडियो निकालता है जब तक वो तो वीडियो निकलता है हीरो को लगता है यह वीडियो है तो वीडियो पर क्लिक करता है तो रहता है फोटो ठीक है सिर्फ एक ही फोटो रहता है देखने में लग रहा था कि वो वीडियो है तो फिर उस इस, इसके शरीर में से वो आत्मा निकल जाता है और हीरो उसको लागता है देखने और ये देखता है मैं कहाँ पे बैठा हूँ और मेरा हाथ उन लैपटॉप कहाँ से आया है ऐसा तो सामान कहाँ से आया तो फिर चौंक जाता है ये देखता है इस फ़ोटो इसको मेरे साथ कहाँ से इस, इस लड़की ये लड़की कौन है तो ये देखता है इससे साथ है मेरा लड़की लड़की के साथ फोटो ये लड़की कौन है तो फिर ये सोचता है ये तो जगह कि मैं कभी गया नहीं फिर इसके साथ में मेरा फोटो और ये जगह जब पर मैं कभी गया ही नहीं तो फिर ये बिलन के पास ये हीरो कॉल करता है ये पूछता है ये साथ में ये लड़की कौन है तो फिर हीरोइन जो अच्छा काम काम जिस काम से गया रहता है वो काम सब छोड़ छाड़ के इसके पास चलाता है ही हीरो के पास देखता है ये फ़ोटो तो हीरोइन बहा जो विलन बिलन वो बहाना बनाते ये ऐसी है कि आ, हम लोग घूमने जा रहे थे तो ये मेरे साथ में मतलब आप लोग आपके साथ में फ़ोटो खींचने के लिए आया था, था। आपने इस फोटो के इस्पेस चेक कर दिए थे फिर वो कहता है इसको हटाओ ना इसको डिलीट करो ना ये बहाने से उससे लैपटॉप मांग लेता है उसके बाद ये उसमें कि जितना चार सब उतर सब उड़ा देता है जितना फोटो वोटो तो सब सर्च मार के सब उड़ा जाता है और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है फिर फिर हीरो पूछता है इसको क्यों उड़ा दिया आपने बोला कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो हीरो भी सोचता है चलो मैं भी से प्यार करता हूँ तो मैं भी से शादी कर लेंगे मेरा भी लाइफ से मतलब हो जाएगा मेरा ठीक ठाक तो ये भी सोचता है कि चलो ठीक है इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो शायद ये मुझसे प्यार करता है और मैं भी इससे प्यार करता ही हूँ और इसके आगे क्या होता है इसके आगे सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें इसका तीसरा पार्ट लय कराएंगे उसको पूरा बता देंगे पूरा बता देंगे इसका लास्ट है इसके अगले वाले पार्ट में लेकर आएंगे प्लीज़ इसकी इस वीडियो का अगर मेरा लाइक और ज़्यादा नहीं सौ एक सौ अगर लाइक करा दीजिएगा ना एक सौ लाइक कर दीजिएगा ना और कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा प्लीज़ तो मैं इसके आगे वाला पार्ट लेकर आएंगे इसके लिए थैंक यू थैंक यू जय श्री आराम राधे राधे